दोस्तों तो हमें इंडिया में बहुत ही जल्द शाओमी 12 सीरीज़ देखने को मिल सकती है क्योंकि शाओमी 12 सीरीज हाल ही में चाइना में लॉन्च हुई और उसके बारे में मैं आपको क्यों कह सकता हूँ कि जो इंडिया हेड है शाओमी के मनो कुमार जैन जी उन्होंने शाओमी 12 सीरीज़ पर टीज किया है जिसकी वजह से हमें पता चल सकता है कि इंडिया में शाओमी ट्वेल्व सीरीज हमें बहुत ही जल्द देखने को मिल सकती है शाउमी 12 सीरीज के बारे में अगर मैं आपको बताऊ तो उसमें मैं तीन फोन देखने को मिलते हैं शाउमी 12 pro शावी 12 और 12x दोस्तों इसके बारे में बता तो आज के वीडियो में मैं सिर्फ एक ही फोन के बारे में बात करने वाला क्योंकि सभी फोन के बारे में बता तो वीडियो थोड़ा बोरिंग हो जाएगा इसलिए मैं आपको सिर्फ एक ही फोन के बारे में बताने वाला उसका नाम है शावी ट्वेल्व दोस्तों इस फोन के बारे में आपको बात करने वाला उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे और आप शाओमी ट्वेल्व सीरीज की राह देख रहे थे तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा तो कुछ हटके और काफी अच्छे फीचर्स के साथ प्राइस भी काफी अग्रेसिव आप कह सकते हैं दोस्तों ये शाउमी ट्वेल्थ सीरीज अगर तो आप देखते हो तो देखने में तो काफी गुड लुकिंग है लेकिन इसके फीचर जो आपको देखने को मिलते हैं वो भी काफी अच्छे देखने को मिलते हैं शामी ट्वेल्थ के बारे में दोस्तों मैं अगर आपको बता तो पहले इसके डिस्प्ले के बारे में मैं आपको बताता तो हूँ तो इसमें आपको ब्राइटनेस।, ब्राइटनेस भी देखने को मिलती है एच डी आर टेन प्लस का सपोर्ट भी देखने को मिलता है और दोस्तों काफी इम्पोर्टेंट चीज हमारे लिए उसमें प्रोटेक्शन भी हमें इसमें देखने को मिलती है मतलब इसके आप डिस्प्ले पर देखते हो तो एक तो आपको 6.2 इंच की मतलब कि डिस्प्ले की साइज आपको थोड़ी छोटी देखने को मिलती है लेकिन इसमें आपको फुल प्लस के प्लस डिस्प्ले देखने, देखने को मिलती है इसमें आपको वन थाउजेंड वन हंड्रेड की नीट्स की ब्राइटनेस के साथ देखने को मिलती है मतलब की डिस्प्ले आपको काफी ब्राइट देखने को मिलती है एकदम दमदार डिस्प्ले देखने को मिलती है उस पर ऊपर से उसपे आपको जो प्रोटेक्शन दी गई उसमें आपको देखने को मिलती, के देखने को मिलती है मतलब कि जो वो काफी के बारे में दोस्तों में आपको बताऊँ तो इसमें मिलता है कॉलकॉम स्नैप ड्रैगन का हाल ही में लॉन्च हुआ स्नैप ड्रैगन एट जनरेशन वन जो फोर टेक्नोलॉजी पर बेस का इसमें जनरेशन वन का जीपीयू भी देखने को मिलता है मतलब पावरफुलर मीटी को मिलता है।, है।, है।, मतलब है लेकिन दोस्तों ये अभी 11 के साथ आपको देखने को मिलेगा अपडेट के थ्रू इसमें आपको एंड्रोय ट मिल सकता है शायद इंडिया में जब आया तब आपको एंड्रॉइड ट्वेल्व के साथ भी आपको देखने को मिल सकता है ऐसी पॉसिबिलिटी ज्यादा हमें देखने को मिल सकती है दोस्तों इसके क्या यूएस स्टोरेज टाइप और रैम टाइप के बारे तो में बताओ तो इसमें हमें देखने को मिलती है एल पी रैम जो हाल ही में सैमसंग ने लॉन्च की थी एल पी रैम और यूएफ 3.1 स्टोरेज टाइप मतलब कि आपके परफॉर्मेंस को और भी ज्यादा बेटर और और भी ज्यादा स्मूथ करने के लिए इसमें आपको स्टोरेज टाइप और रैम टाइप भी काफी अच्छी देखने को मिलती है एल रैम देखने को मिलती है और यू एफ भी स्टोरेज टाइप भी हमें देखने को मिलती है मतलब की इसमें जो परफॉर्मेंस रहेगा वो अभी एकदम क्लियर रहेगा दोस्तों परफॉर्मेंस अच्छा है डिस्प्ले अच्छी है लेकिन इसका कैमरा उससे भी ज्यादा अच्छा है इसमें आपको पीछे की तरफ ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है 50 मेगापिक्सल का एक मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलता है लेकिन उसमें दोस्तों उससे भी बढ़िया इसमें आपको देखने को मिलते हैं सोनी का सेंसर सोनी आई सेवन का सेंसर देखने को मिलता है विथ ओआस के साथ मतलब कि आपका जो कैमरा परफॉर्मेंस इसमें रहेगा वो भी आपको काफी अच्छा देखने को मिलेगा इसमें आपको ओ भी देखने को मिलता है और स्पेशल इसमें आपको सोनी का सेंसर देखने, देखने, देखने को मिलता है आई एम मतलब कि ये सेंसर एकदम लेटेस्ट सेंसर देखने को मिलता है काफी पावरफुल सेंसर देखने को मिलता है फिफ्टी मेगा का इसमें आपको कैमरा भी देखने को मिलता है उसके बाद दूसरा कैमरा में देखने को मिलता है वो थर्टी mm मेगा का वो कैमरा देखने को मिलता है जो अल्ट्रा वाइट कैमरा देखने को मिलता है और जो तीसरा कैमरा है लेकिन सेल्फी कैमरा भी कुछ कम नहीं इसमें आपको थर्टी टू मेगा सेल्फी देखने को मिलती है सेल्फी भी काफी अच्छी और काफी बढ़िया देखने को मिलती है अब बात करते हैं इस फोन की सिक्योरिटी के बारे में दोस्तों इसमें आपको एमरा डिस्प्ले देखने को मिलता है मतलब की इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलेगा और दूसरा आपको फैशन लुक देखने को मिलेगा दोस्तों मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता तो हूँ ये दोनों को काफी फास्ट और काफी एक्यूरेट देखने को मिलेगा क्यों क्योंकि इसमें आपको देखने को मिलता है कौन कौन स्नैप ड्रैगन एट जनरेशन वन ये काफी दमदार और काफी पावरफुल प्रोसेसर देखने को मिलता है जिसकी वजह से जो डिस्प्ले फिंगरप्रिंट और फैशन लुक वो तो काफी एक्यूरेट देखने को मिलेगा ओवरऑल परफॉर्मेंस भी आपको फास्ट देखने को मिलेगी स्पीकर है जिसकी वजह से आपको वीडियो क्वालिटी काफी अच्छी देखने को मिलेगी डिस्प्प्ले की वजह से ऑडियो क्वालिटी ड्यूल स्पीकर ड्यूअल स्पीकर की वजह से आपको काफी वो भी अच्छी देखने को मिलेगी तो तो इसके बैटरी के बारे में बताओ तो बैटरी में भी शाह ने कोई भी जगत ऐसे कौन कंजूसी नहीं की एकदम नेक्स्ट लेवल के एकदम दमदार बैटरी दे रही है इसमें चार हजार पांच सौ एमएच की बैटरी देखने को मिलती है मिल वायर चार्जिंग के साथ फिफ्टी वोट का वायरलेस चार्जिंग के साथ और टेन वोट का रिवर्स चार्जिंग के साथ मतलब की बैटरी में कोई भी चीज शाह मीने इसमें बाकी नहीं रखी क्योंकि इसमें हजार पांच सौ की बैटरी देखने को मिलती है सिक्सटी सेवन वोट का वायर चार्जिंग के साथ 50 वोट का वायरलेस चार्जिंग के साथ और 10 वोट का वायर चार्जिंग मतलब कि रिवर्स चार्जिंग के साथ आपको इसमें देखने को मिलता है दोस्तों इस फोन के आप फीचर्स देखते हैं तो काफी हटके फीचर्स देखने को मिलते हैं हर एक जगह पर आपको काफी हटके और काफी दमदार फीचर्स देखने को मिलते हैं दोस्तों अगर इस फोन की मैं प्राइस के बारे में बताऊँ मतलब की जो चाइना में लॉन्च हुई है उसके कन्वर्ट करके बताओ तो इसमें आपको तीन वेरियंट देखने को मिलते हैं एट वन ट्वेंटी सिक्स और ट्वेल्व टू 8, 28 8, 28 बता दो थ्री थाउजेंड के करीब देखने को मिलता है और एट टू फिफ्टी सिक्स है वो हमें कितने का देखने को मिलता है मतलब थाउजेंड के करीब तो यह में देखने को मिलता है जो इसका हायर वेरियंट है टू फिफ्टी सिक्स कितने का देखने को मिलता है वो में देखने को मिलता है फिफ्टी मतलब कि फिफ्टी के करीब ये हमें आपको देखने को मिलता है इंडिया में जब ये फोन आएगा तब तो कुछ ज्यादा प्राइस के साथ आ सकते हैं मतलब कि जो हाईर को करीब देखने को मिल सकता है लेकिन दोस्तों एकदम किलर है क्योंकि इसमें जो आपको फीचर्स देखने को मिलते हैं वो काफी हटके और काफी हाई लेवल का देखेंगे इतना है, मिलते हैं बहुत ही जल्दी शाउमी ट्वेल्व के साथ मतलब की उसके डिटेल भी मैं आपको दूंगा उसके प्राइस के बारे में बताऊंगा उसके फीचर्स के बारे में बताऊंगा वो भी हम बात करेंगे दूसरे वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम